जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे सवाल बिल्कुल बेसिक है पर अह 거든요 सिंपल और बेसिक सवाल है राइट right आंसर है आप नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद वंदे मातरम आपका दिन शुभ हो